राजय भगवान समीर पर मुकेश अरे अरे कोई उठ करना है कर के मत मत आजा फिर भरोसा कर मेरे पास ठीक है अब अब ना